प्रिय मित्रों रावण का राज्य चीता संस्कार करके श्रीराम ने शुभ मुहूर्त में भीषण को लंका का राजा बनाकर अपने वचन का पालन किया जैसे ही लक्ष्मण अशोक वाटिका से सीता जी को श्रीराम के सम्मुख लेकर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने कहा लक्ष्मण सीता बहुत समय तक रावण की लंका नगरी में रह चुकी है इसीलिए यह जरूरी है कि सीता की अग्नि परीक्षा ली जाए अग्नि परीक्षा में खरा उतरने के बाद ही मैं इन्हें स्वीकार करूंगा राम के वचन सुनकर लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ किंतु सीता जी अग्नि परीक्षा के लिए तुरंत तैयार हो गयी लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से बहुत बड़ी चीता तैयार की सीता के चिता पर बैठने के साथ ही चीता में अग्नि लगा दी गई देखते ही देखते चीता की आग धू धू करके जलने लगी लेकिन अग्नि ने सीता का स्पर्श भी नहीं किया चीता की अग्नि शांत होने के बाद सीता जी उसमें से सही सलामत बाहर निकल कर आ गई अग्नि सीता जी का बाल भी बाका ना कर सके तब श्री राम ने सीता को स्वीकार कर लिया और बोले सीते मुझे क्षमा कर देना लोक मर्यादा के कारण मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा अग्नि परीक्षा में खरी उतरने के बाद तुम्हें स्वीकार करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है रावण बध के बाद श्री राम ने भीषण को लंका का राजा बना दिया राम की सेना में जो बानर वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें श्री राम ने गोलोक धाम पहुँचा दिया वीर गति को प्राप्त हुए सभी बानरों का श्री राम ने विधि विधान सहित अंतिम संस्कार करके पिंड तर्पण किया धीरे धीरे चौदह वर्ष के बनवास का समय भी पूरा होने को आ गया श्रीराम को सकुशल अयोध्या पहुँचाने के लिए भी भीषण ने पुष्पक विमान प्रस्तुत कर दिया नल नील अंगद सुग्रीव हनुमान जामवंत लक्ष्मण और सीता के साथ श्रीराम अयोध्या की ओर चल दिए नगर के बाहर आश्रम में भरत श्रीराम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे भरत ने चौदह वर्ष पूरे होने से एक दिन पूर्व ही चिता तैयार कर ली थी कि यदि निश्चित समय पर श्रीराम लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस नहीं आए तो वे चीता पर बैठकर प्राण दे देंगे हनुमान द्वारा श्री राम ने अपने आने का संदेश पहले ही भिजवा दिया था क्योंकि राम जानते थे कि भरत बहुत हठी है यदि उन्हें अयोध्या पहुंचने में एक पल की भी देरी हुई तो भारत सचमुच ही अपने प्राण दे देगा निश्चित समय पर श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित कुछ बानर सेनापतियों ने अयोध्या में प्रवेश किया सबसे पहले विमान से श्री उतरे तो अयोध्या वासियों ने श्री की जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर दिए राम को देखकर की आंखों में खुशी के आंसू थे सबसे पहले भरत ने श्री के चरण स्पर्श किए श्री ने भरत को गले से लगा लिया उसके बाद राम ने कौशल्या सुमित्रा के कई तथा अन्य गुरुजनों के चरण स्पर्श किए सारी अयोध्या नगरी राम की अयोध्या वापसी पर अत्यंत प्रसन्न थी अच्छा सा मुहूर्त देखकर गुरुजनों ने श्री राम को अयोध्या का सिंहासन सौंप दिया राजा बनने के बाद श्री राम ने बहुत समय तक राज्य किया और अपनी प्रजा प्रजावसल छवि के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को आप हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक अलग कहानी के साथ तब तक हर हर महादेव